जय शंभुनाथ दिगंबरण करुणाकरण जगदीश्वरण भवता भयाण करुणाकर जगदीश्वरण मृगछाल श विमोचकम करुणाकरण जगदीश्वरण भक्ता भयाम करुणाकरण जगदीश्वरण गदल शक्ति अंग सुशोभित करुणाकरण जगदीश्वर हे दक्ष यद विनाशक हे काम दी गणेश स्कंद नमस्तम करुणा जगदीश्वर हे आशुतोष शेखर चंद्रमृत्युंजय तहु पाद कमल नम्य हम करुणाकर कर्म जगदीश्वर जय शंभुनाथ दिगम बदरम करुणाकरण जगदीश्वरम भवता भयाम करुणाकर जगदीश्वर जय शण भुनाथ दिगम बवरण करुणाकरण जगदीश्वर जय जय शिव शोजी